हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्रद्धा लेक्चर टुडेज़ टॉपिक इज़ डेटा इंडिपेंडेंस इन डी बी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की लेक्चर्स वीडियो मिल सके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि डेटा एब्सट्रक्शन क्या होता है किस तरह से हम यूज़र से डेटा को हाइट करते हैं फिर देखा था हमने कि इसमें तीन लेवल होते हैं व्यू लेवल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फ़िजिकल स्कीमा देन स्कीमा क्या होता है द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटा बेस इज़ नोन एज अ स्कीमा मतलब कि किस तरह से हम डेटा को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं किस तरह से उस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं फिर हम लोग हर लेवल के फंक्शंस के बारे में देखे थे और अब हम लोग जानेंगे डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है डेटा इंडिपेंडेंस हम समझेंगे जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर था डी का उसकी हेल्प से हम डेटा इंडिपेंडेंस समझेंगे डेटा इंडिपेंडेंस को हम समझेंगे थ्री लेवल ऑफ स्कीमा आर्किटेक्चर से जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है डेटा इंडिपेंडेंस मतलब कि जो डेटा है वो यूज़र से इंडिपेंडेंट रहे मीन्स जो भी यूज़र हैं उनको डेटा एक्सेस करने को मिले बट उनको ये ना पता चल पाए कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है और किस तरह से स्टोर है फिर हम लोग देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है डेटा इंडिपेंडेंस रिफर कैरेक्टर को बीग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल एट ऑफ द डेटा बेस सिस्टम विदाउट अल्टरिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर इस डेफ़िनेशन का यहाँ ये मतलब है कि अगर हम स्कीमा के किसी भी लेवल में चेंज करें मॉडिफाई करें तो जो उसके ऊपर के नेक्स्ट हायर लेवल होते हैं उसमें कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए डेटा इंडिपेंडेंस दो तरह के होते हैं एक होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है फ़िज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमें ये बताता है कि अगर हम लॉजिकल लेवल पे या फिर कॉन्सेपचुअल स्कीमा पे चेंज करें तो उसका अफेक्ट व्यू लेवल पे ना पड़े मींस कि ये इंडिपेंडेंट हो कॉन्पचुअल स्कीमा में अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट यूज़र के वेब एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ना चाहिए मतलब यूज़र को जो भी वेब एप्लीकेशन व्यू हो रहा है वो उसी तरह सेम एज वेल एज दिखना चाहिए उसके उसके स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो इसी को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसको हम फिगर से समझते हैं इस फिगर में हमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर शो हो रहा है जो कि जो कि यूज़र इंटरफेस लेवल पे काम कर रहा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है अगर हम लॉजिकल लेवल में किसी भी स्ट्रक्चर में डेटाबेस बेस के स्ट्रक्चर में या फिर टेबल के साइज़ को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं फॉरेन की में चेंज करते हैं कांस्टेंट में चेंज करते हैं या फिर दो टेबल के रिलेशनशिप में चेंज करते हैं तो ये सब चेंजिंग लॉजिकल लेवल पे होती है और जिसका अफेक्ट एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए इट मींस कि यूज़र को जो भी वेब एप्लीकेशन दिख रहा है वो सेम एज़ वेल एज़ वैसे ही दिखना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे कि पेटीएम है वेब एप्लीकेशन है आपके देन मोबी को है रेलवे की वेबसाइट्स है कॉलेज की वेबसाइट्स हैं ये सब वेब अपलिकेशन है जो कि यूज़र को एज़ वेल एज वैसे ही दिखना चाहिए अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यही होता है कि अगर हम लॉजिकल लेवल पे लॉजिकल स्कीमा में कुछ भी चेंज कर रहे हैं उसका अफेक्ट एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए इट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जैसा कि हमको पता है लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है कि वट द डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटा और ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि कॉन्सेपचुअल स्कीमा पे जो भी डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करता है वो स्ट्रक्चर देता है डेटाबेस को उसमें टेबल को टेबल की फॉर्मेशन करता है तो अगर हम टेबल में कुछ भी चेंज कर रहे हैं उसमें उसमें कॉलम को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं या फिर उसके एंटीटीज़ में मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं या फिर उस टेबल का नाम चेंज कर रहे हैं उसमें प्राइमरी की को चेंज कर रहे हैं फॉरेन की को चेंज कर रहे हैं टेबल के बीच में रिलेशनशिप को चेंज कर रहे हैं तो उससे व्यू लेवल पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो भी यूज़र को वेब एप्लिकेशन दिख रहा है वो वैसे ही दिखना चाहिए इसी को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस नेक्स्ट इंडिपेंडेंस है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस नेक्स्ट है फ़िज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस ये कहता है कि अगर हम फ़िज़िकल लेवल पे कोई भी चेंज करें तो उसका अफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए आइए इस कॉम फिगर से समझते हैं इस फिगर में फ़िज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पे है फ़िज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर है जो कि लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे शो हो रहा है ये वर्क करता है लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे फ़िज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस ये कहता है कि अगर हम फिज़िकल लेवल में जैसे कि यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि डी वर्क करता है इट मींस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है और ये हमें ये बताता है कि डेटा कहाँ पर किस तरह से कैसे स्टोर किया गया है स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली ये बताता है कि डेटा प्रॉपर्ली सेव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें किस तरह से एक्सेस मेथड लगा है फाइल स्ट्रक्चर्ड कैसे किया गया है फॉर एग्जांपल अगर हम जो भी डेटा है उसको एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव में रखते हैं और इस तरह के चेंजेस करते हैं तो इससे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए फिजिकल स्कीमा पर फ़िज़िकल लेवल पर कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए इसी को बोलते हैं फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस इंडेक्सिंग प्रोसेस लगाते हैं अगर इंडेक्सिंग प्रोसेस में हम चेंज करते हैं या फिर एक्सेस मेथड में चेंज करते हैं तो इससे कोई अफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गूगल प्लेटफॉर्म है इसमें जो भी डीबीए है वो मान लीजिए कि सारे डेटा को इतने वास्ट डेटा होते हैं सारे डेटा को एक हार्ड ड्राइव से एक हार्ड डिस्क के दूसरे हार्ड डिस्क में रख रहा है तो इसमें यूज़र को नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ पे एग्जैक्टली exactly चेंज क्या हो रहा है यूज़र को सिर्फ और सिर्फ डेटा से मतलब होता है डेटा एक्सेस करने से मतलब होता है डेटा को यूज़र को ये नहीं पता चल पाता है कि डेटा कहाँ पे किस तरह से स्टोर हो रहा है इसी को हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स कि यूज़र से डेटा किस तरह से हाइड रहता है किस तरह से एप्स्ट्रेक्शन को फॉलो करता है इसी को हम बोलते हैं डेटा एप्स्ट्रक डेटा इंडिपेंडेंस तो इस टॉपिक में हम जाने कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है यूज़र यूज़र से जब भी डेटा को हाइड रखते हैं तो बीच में तीन लेवल लगा के तो इसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस ये दो तरह से होते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये यूज़र इंटरफेस लेवल पे वर्क करता है इट मीन्स कि अगर लॉजिकल लेवल में हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं जो भी डिज़ाइनर है वो अगर उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है इट मीन्स कि टेबल में चेंज कर रहा है टेबल में जो भी कॉलम्स हैं उनके क्वांटिटी को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है प्राइमरी की को चेंज कर रहा है टेबल में या फिर फ़ॉरन की को चेंज कर रहा है या फिर बहुत सारे टेबल होते हैं टेबल के बीच में रिलेशनशिप को चेंज कर रहा है एंटिटीज़ को चेंज कर रहा है डिलीशन ऑफ एंटीटीज़ कर रहा है फिर एडिशन ऑफ एंटिटीज़ कर रहा है तो इससे जो भी यूज़र है यूज़र को जो भी वेब एप्लीकेशन दिख रहा है फ्रंट एंड दिख रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए ये हमें बताता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देन है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है वो लॉजिकल इंटरफेस लेवल पर वर्क करता है फिज़िकल लेवल पे जैसा कि हमें पता है कि डीबीए वर्क करता है और जो भी डेटाबेस डेटा स्टोर होते हैं वो बैकएंड में रखे जाते हैं डेटाबेस में रखे जाते हैं अगर हम डेटा को एक हार्ड एक हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क से उठा के दूसरे हार्ड डिस्क में चेंज करते हैं तो इससे लॉजिकल लेवल या कॉन्सेपचुअल लेवल पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसी को बोलते हैं और अगर इसमें यह भी देखा जाता है कि डेटा किस तरह से प्रॉपर्ली सेव हो रहा है कि नहीं अगर हम एक्सेस मेथड को बदल लें या फिर इंडेक्स को इंडेक्स मेथड को बदल लें हैं तो उससे लॉजिकल लेवल पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसी को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस तो ये था हमारा डेटा इंडिपेंडेंस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू डेटा इंडिपेंडेंस टॉपिक देन आस्क मी इन द माई कमेंट बॉक्स थैंक यू